ही राहों में कांटों के होने से डरते हैं लोग यू ही यू ही राहों में कांटों के होने से डरते हैं लोग एक फूल का चुभना ज्यादा जख्म करता है